करे ऊर्धल को महिमा पृथ्वी तातोष पात्र मनुष्य को मानी शांति कारण आज दाऊद नगर तुम्हान निमंत प्राणकर्ता जन्म ग्रहण प्रभु तो, तो हो, चालो ए ए मोको जाना में से बात जनम चंते आसवा हाँ चल संगात संगत ए संगा तो चलो पे थली मीप्रिय चीशु जन्म सुखी आसवा शिशु जीशु ते की आसवा रूपी सरगर राजा जगत को आसली नर रूप थी सरगर राजा जगत को आसली ही मर गुहा मारियां कल चवा हल गाजे आनंद हाँ डाल संगात ए संगात डाल बेथ प्रिय को जीवा प्रिय जीशु जन्मीं देखिए जिसो जिसो जाना में जानते से आम जगत को विश्वास मिले भाई, भाई। से आसमें जगत को विश्वास करे त्राण मिले भाई आसा आसा नाची पा, गाई आत नाच पाई बात नाच पाई बारिके आनंद हाँ चल संगात तो, कि संगात तो चल बेथली मोजा प्रिय जीशु जन मीची देखिए सिसु जाना जन्मी चाहिए देखी चल चाल तो ए संगा हो चाल संगात ए संगा तो चलो बैल ही प्रिय जीशु जन्मी छिया जन्मी देखी खिया टाण कथा तना आसवा मुक्ति ता चन विचां ती आसवा